तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और से से एक बड़ी, से जुड़ी एक बड़ी बड़ी जुड़ी हुई खबर मतदान जारी है चौबीस की छह छह फीसदी तक मतदान हो चुका है तो सुबह ग्यारह बजे तक दसराना विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर बाईस दशमलव तीन सात फीसदी तक मतदान हो चुका है वोटिंग को लेकर भारी उत्साह सीट पर चौबीस दशमलव छह फीसदी तक मतदान हो चुका है पांच विधानसभा सीटों का हाल आपको बता रहे हैं यहां पर मतदान लगातार जारी है सुबह ग्यारह बजे तक की जो रिपोर्ट आपको बताए तो वहां पर टूला विधानसभा सीट पर चौबीस दशमलव छह छह फीसदी चौबीस दशमलव छह फीसदी तक मतदान हो गया है वक्त की बड़ी खबर उनसठ विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश में वोटिंग जारी है उसी को लेकर हम फिरोजाबाद की जो पांच विधानसभा सीटें वहां का हाल आपको बता रहे हैं सुबह ग्यारह बजे तक सिरसागंज विधानसभा सीट पर पच्चीस तक वोटिंग हो चुकी है बेहद उत्साह देखा जा रहा है तमाम जगह से मिली जुली प्रतिक्रियां सामने आ रही हैं और लगातार बार पटवार का दौर भी जारी है खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवाशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं है। मतलब तो है। है? किस तरीके का उत्साह है और कौन से मुद्दों पर वो वोटिंग कर रहे हैं जरा तफसी दर्शकों को जानकारी दीजिए देवाशीष जी बिल्कुल पवन जिस तरीके से सुबह से ही जब तक फिरोजाबाद के मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया था और सुबह से ही घर से मतदाता निकले थे और संदेश के साथ निकले थे कि बाद में जलपान पहले मतदान और इस संदेश के साथ में जनपद फिरोजाबाद की आवाम पांचों विधानसभा पर वोट डालने के लिए निकली है और विशेषतः अगर देखा जाए तो शहरी इलाके की अपेक्षा ग्रामीण अंचल में वोट वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है और ग्रामीण अंचल में शहरी क्षेत्र से ज्यादा वोट पड़ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में नवविवाहित जोड़ों को भी सबसे पहले वोट डालते देखा गया है और पोलिंग बूथ की अगर बात करें तो जनपद फिरोजाबाद के तमाम पोलिंग बूथ पर प्रशासन के द्वारा व्यापक इंतजाम किए हुए हैं जिसके चलते लगातार सहलता से सरलता से जनपद फिरोजाबाद के वाशिंदे लगातार वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग के प्रति खासा उत्साह उनके बाद साथ नजर आ रहा है और इस बार उत्साह को देखते हुए लगता है कि हर बार की अपेक्षा इस बार मतदान अच्छे प्रतिशत में होने वाला है जनपद भरोसा की पांचवें विधानसभा सीट पर जी पवानी बहुत शुक्रिया देवशीष शर्मा जी इस अहम जानकारी के लिए आपका